तो हेलो मैं इसके से आप लोग आज सब बढ़िया ही होंगे बढ़िया ही होने चाहिए तो आज रात में इतना ज़्यादा रात था मैं इसलिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया था और आज टाइम मिला जाके ब्लॉग शूट करने का और इसमें एक मिनना अंधेरा यहाँ पर तो इसमें सबसे बड़ा बताने वाली बात ये है कि सबसे बड़ी बात बताने वाली ये है कि जो है जो मेरा भाई था एक गाड़ी चलाने के चक्कर में जो है एक्सीडेंट कर दिया बहुत ज़्यादा मतलब बताना तो नहीं चाहिए था वैसे अभी दिखाऊंगा अगर घर से गया तो या फिर सेकेंड वाले ब्लॉग में देखना और जहाँ पे उसकी गाड़ी गिरी थी ना वो का भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और काफ़ी दिनों से मैं एक भी ब्लॉग मतलब जो आप जो अभी ब्लॉग देख रहे हो ना कि जॉब मिली फिर पैसा खत्म हो गया ये सब मालूम है दो तीन दिन पहले का है मैं शूट करके रखा था मैं सोचा था आप डालूँगा आप डालूंगा पर पहले के बहुत सारे ब्लॉग्स थे उसको भी अपलोड करना था उस चक्कर में मैं एक भी ब्लॉग डाल नहीं पा रहा था मतलब जो अभी रिसेंट और ये आज का व्लॉग फाइनली कल छः तारीख है कल पक्का अपलोड हो जाएगा क्योंकि अभी एक भी व्लॉग मेरा बैकअप में नहीं पड़ा है तो और हाँ एक चीज़ मुझे बताना था कि जो है अपना सात तारीख को टूर्नामेंट है और इस चैनल पे तो लाइव आना ही आना है और जो है द रोस्ट किंग करके सॉरी रोस्ट किंग अपना एक चैनल है उस पर भी लाइव आएगा तीन सब्सक्राइबर है उस पर और चलते अभी दिखाता हूँ कहाँ पर वो भाई साहब गिर थे अभी वो मेरे साथ है तो नहीं यहाँ पर रहता तो मैं जरूर दिखाता अभी घर पे जाएंगे तो दिखाएंगे अभी मैं अकेला आया हूँ पूरा अकेला यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मतलब है ना मैं एक ऐसा ब्लॉगर बनना चाहता हूँ सोलो ब्लॉगर हमेशा मतलब तो अकेले शूट करे कोई टेंशन नहीं किसका किसकी ज़रूरत भी नहीं मुझे तो ऐसा मैं ब्लॉगर बनना चाहता हूँ ये तो बहुत अंधेरा है यहाँ दिख नहीं रहे कि गटर है गिर विर के तो, -गे तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो जो है अभी चलते हैं वहाँ पर अगर वो रहेगा तो दिखाता हूँ जहाँ पर गिरा था उसने जहाँ मुझे बताया था इतना एग्जैक्ट नहीं कि उधर पर गिरा था और इतना मालूम है कि वहाँ से जो रोड उसने बताया था वो रोड एक मिनट है ये राख वो रोड वहाँ से लेके और वहाँ तक उसने मुझे कुछ बताया था वो बिल्डिंग तक तो देखते अभी यहाँ इस यहाँ से यहाँ तक मैं देखते हैं कहाँ पे वो गिरा था अगर वो मालूम पड़ा अपने को तो दिखाते और कुछ तो कुछ ना तो कुछ निशान रहेगा मतलब नुकसान कह निशान तो रहेगा तो दिखाता हूँ अभी आपको चलो चलते वहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर मतलब ये जैसा एक थोड़ा सा डाक डाक सा दिख रहे हैं ना ऐसा पूरा खून है यहाँ पे देख रहे लो ऐसा पूरा खून ही खून है लोग मतलब गाड़ी गाड़ी चला रहे थे ये एक मिनट साइड ये यहाँ पे तो पूरा तरीके से गाड़ी चला रहे थे ना जिस तरीके से कोई सोच भी नहीं सकता है मतलब 30-40 की स्पीड नहीं पर बोलते ना कहीं कि ऐसा यूपी अगर यूपी में अगर कोई देख रहे तो उसको पता रहेगा कि बैर सोच मून था इधर पे ये देखो यहाँ पे खून कह रहे था तो यहाँ पे मतलब पूरा लोग ऐसा कुत्ते को बचाने के चक्कर में खुद गिर गया और ऐसी चोट लगी अगर मैं घर पे चलूंगा ना तो पक्का आपको दिखाऊंगा तो और इसका एक दोस्त भी था उसका भी एक्सीडेंट हो गया साथ में उसको भी इधर पर किधर चोट लग गई है तो अभी चलते हैं घर पे फट से फिर दिखाता हूँ और आज का ब्लॉग मुझे लगता है तो यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना तो वीडियो अपलोड नहीं होता क्योंकि अभी अपने उतने सब्सक्राइबर नहीं कि अपन उतना बड़ा वीडियो अपलोड करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट से